हेलो हेलो अरे क्या इंसान है भाई तू कब से वेट कर रहा हूँ यार जल्दी यार अब कहाँ यार दो घंटे हो गए क्या कर रहा है तू हेलो भाई मैं तो पहुंच गया भाई कब से खड़ा तू है है भाई तू हेलो अरे भाई बोला ना भाई मैं पहुंच गया हूँ